जी हम वापस चल दिए हैं ये हमारा रैंप है और हम जा रहे हैं पैदल पैदल दरअसल पैदल जाने का एक रीज़न पक्का ही है क्योंकि ये हमारे हरदीप जी की एक्सरसाइज होती है इस टाइम ना ये क्या है देखो जितना वर्कआउट करना है वो इस टाइम कर लेते हैं तो ये इनका ये सारा दिन कुछ नहीं करते वर्कआउट सारा दिन ही होता बस ये इस टाइम इनका वर्कआउट हो रहा है ये डेढ़ किलोमीटर की सैर है इनकी जी डेढ़ किलोमीटर की सैर मार लेंगे बस अभी चढ़ाई है पूरी इनकी ना तो चले नीचे नीचे चल के मिलते हैं आपसे गाड़ी के पास हम पहुंच गए हैं पार्किंग में नीचे उतर गए अभी हरदीप जो है अपनी गाड़ी लेकर आ रहा है उधर से सामने से और यहाँ थोड़ी देर खड़ना पड़ेगा क्योंकि अजय जो है अपनी गाड़ी ले, से, से। अपनी गाड़ी ले नहीं आया लेके नहीं आया क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों नहीं लेके आया और वो हरदीप के साथ जाएगा और हमें एक छोटी सी पार्टी हुई है हमारी उसमें जाना हमने सबने इकट्ठे होके ना जितने अपने दोस्त दोस्त के साथ हैं तो पार्टी में भी चलते हैं थोड़ा अगर कुछ ब्लॉग बनाया तो आपको दिखाएँगे हमने क्या बनाया क्या मिलाया क्या खाया सब कुछ तो पार्टी जो है इस बार आज जो है वो हरदीप की तरफ से ऑर्गेनाइज़्ड है वो क्यों है वो हम आगे आपको बता देंगे तो आ रहा है हरदीप जरा मिलते हैं उससे क्या आ गया है गोल साहब जिनकी वेट हम कर रहे थे पता नहीं किस काम के लिए गए हुए थे साला हमें तो समझ भी नहीं आता क्या क्या करने के भैया क्या आ गई थी पीजीसीएल की कॉल थी कोई और नेचर कॉल आ गई थी हमें लगा कहीं से ओ ले। अच्छा, तो हम चले हैं सारे पार्टी में आज एक वो पार्टी जो ऑर्गेनाइज की गई है आज की गई है हमारे हरदीप सिंह की तरफ से तो जी किस वजह से है पार्टी ये, ये, ये, ये पार्टी है जूनियर हरदीप के आने की हरदीप थर्ड आ रही सोची में थर्ड के आने की खुशी में तो गोयल साहब ने भी दी थी पार्टी और अब धीरे धीरे ऐसे ही हमारा चलता ही रहता है कभी कोई पार्टी दे देता है कभी कोई पार्टी देता है तो आज जो है देखो मूल अटका <laughs> हम खड़े इसलिए क्योंकि भैया देखो डीजल गाड़ी है इन दोनों के बाद गाड़ी गर्म हो रही है गाड़ी गर्म हो रही है और कुछ गोयल साहब भी गर्म नहीं थे ठंडे हो रखे थे तो गोयल साहब गर्म हो आए ऊपर से ताजा ताजा, ताजा एकदम हम, हमें तो कुछ शक हो रहा था मैं क्या ये गोयल साहब गर्म पानी पी के गए कहाँ चले चलो चलो चलते हैं हैं पार्टी में मिलते हैं आप तो ऑटो में दिखाता हूँ थोड़ा दूर होता हूँ पता लग जाएगा देखो देखो कहाँ बैठे हैं देखी क्या होगा आपको ये रथ चलाते हुए कैसा लग रहा है आपको फील हो रहा है मतलब बस एक बार चाबी मिल जाए फिर तो अच्छा फील होएगा अभी तो चाबी नहीं, नहीं। चाबी दिला देने वो बंदा कह रहा है चल अब चाबी ले आऊं वो तो दूसरे अपनी खुद तो स्कूटी पे आ अच्छा सही बताओ ये देखो बाबा हरदीप तो सिंह जी की नई गड्डी नई-नई चमचमाती हुई एकदम बिल्कुल इलेक्ट्रिक है इलेक्ट्रिक है रे साहब ब्रेक नहीं है हां ब्रेक है ब्रेक लाओ हां अगले वाला ही है ब्रेक पिछले वाला ब्रेक पर रुकना ना ये अपने ओ तो भाई साहब, हो बेटा। तो जी आ हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में हम बैठे हैं और डिनर की वेट कर रहे हैं देखो डिनर की वेट चल रही है क्या क्या आपने? आज हमने किया है गार्लिक नान बटर नान कढ़ाही पनीर दाल मखनी और ये जो है मैं पैसे की बात करता हैं और पैसे की ही बात करता है मुझे कभी हुँ? कभी सिपला रहे हैं कभी कुछ हो देखो ये ये शख्स बंदा जो है यही तो पैसे पैसे पैसे जहाँ जाएगा वहीं पैसे पैसे पैसे करता रहता है देख लो देखो जी ये शख्स है ये हमेशा देखो यहाँ पे भी आए तो जी हमें अभी ट्रेड करनी है मतलब बंदा देखो अब किसी ने काम तो किया बंदे ने बेचारे ने पार्टी दी इतने भोली शक्ल शकल दे। देखी ये भोली शक्ल है देली और है। ये शातिर आदमी अभी, अभी भी अभी भी अभी भी कहा शातिर अभी भी कोई शातिर हो सकता आपकी अभी भी वेट कर रहे हो सकता है मैंने कहा दस परसेंट तो मेडिसिन वाले भी देते हैं फिर दे। क्या हुआ तो माने के, मानना कैसे नहीं तो पैसा ही पैसा होगा हाँ। वो कह रहा था कि पाँच परसेंट स्कूल हो जाएगा सर अगर हजार पैसे को लिया पाँच परसेंट दस परसेंट तो मेडिसन वाले भी देते हैं तो 10% 10% चाहिए वो कहते हैं कोई कोई नहीं आप होना तो, यही तो तारीफ है आपकी हर जगह आप डिस्काउंट ले लेते हो सर जी हमारे पास का नहीं है <laughs> ये चीज़ है पता क्या इसने पिछली बार बोला था पहले बता देना चलो तो जी ये थे गोयल साहब गोयल साहब जो है ये स्टैंड लेते हैं मतलब इनका इतना बढ़िया है भाई साहब हर जगह डिस्काउंट करा देते हैं डिस्काउंट डिस्काउंट ये बात देखो ये बात सही है वैसे आप भी वैसे ट्राई कर सकते हो एक चीज़ों को क्योंकि ये जो बात बताइए और एक बंदा ये देखो आप देखो बैठते ही मतलब ये देखो कहाँ लग जाता है बंद कर दिया खतरनाक आदमी इसको कोई इस... मतलब नहीं है से। इसको पता है गोल तो कर लेंगे नहीं इसको नहीं पता हमें सबको पता है मतलब जो पैसे का है वो नहीं नहीं दिर्ग हमने, हमने जो एंडिंग रखी है कि पैसे बात तो सही है हमारे से होती भी नहीं है इसलिए हमने बड़े बुजुर्गो को कह दिया पैसे का आप लेन देना तो ये आ खाने की प्लेटे आ गई है गालिंग गालिंग। ना है अच्छा देख लो भैया मतलब हर चीज तो अपनी पसंद है तुम लोगो की थोड़ी अपनी इसकी तुम लोगों की तो तो, तो, तो पसंद नहीं कुछ है उस तो गड़ ना है गड़बड़ दा के गिफ्ट का तैयारी शुरू करती है और कुछ लेके आया हाँ जीवर्सरी तो कुछ स्पेशल चाहिए अभी जस्ट लिटिल बिट है और मतलब धूमधाम सालों मतलब मतलब अच्छा है हम हम दोनों के बीच में और सेलिब्रेट करना चाहिए भी चाहते हैं सालों साल तुम्हारी दोनों की बॉन्डिंग बनी रहे आ, बहुत अच्छी तरीके बाकी पार्टी तो लेंगे हम बाद में खाना आ गया हमारा दिखाते हैं तो जी, हमारा खाना आ चुका है और ये दाल मखनी है कढ़ाई बनी है।, है।, है। प्लेटें लग चुकी है हमारी सब्जी ये देखो साहब की प्लेट लग चुकी है इनका आज गला खराब है हाँ तो जी चलो खाना शुरू करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि टेस्ट के साथ था। ये है गुरु नानकुनानक ना। स्वीट सेक्टर 21 चंडीगढ़। आओ तो यहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है हम जब भी हम पार्टी करते हैं तो हम ये हर बात बंदा जो है हमें धमकी दे रहा है जो कह रहा है सुबह दे देख लूंगा तो मैं एक, एक को देख लूंगा आवाज <laughs> जोड़ रहा है बंदा धमकी है भाई साहब खुले धमकी दे रहे हैं बापे तेरे को भी दिखे धमकी तो मुझे है है है क्या पर देख के फिर तुझे में इसको भी <laughs> थोड़ी दी दी देखो मतलब मतलब बंदा मला कमाल है जी <laughs> दे दे, ए, ये दे, दे, दे इनके अंदर चीज गई हुई है ना ये दलेर बनाती है बंदे को हाँ। मतलब इतने से बंदे को इतना बड़ा बना देती है ये शेर ने ने खान शेर खान कमाल है वैसे बनाने तो क्या चीज़ बनाई <laughs> खाना देखो हमारा खाना फिनिश हो गया और गार्लिक नान की वेटर गोल साहब ने खानी है अलग से गार्लिक नान बाकी सब निपट चुके हैं ये भाई साहब भी निपट चुके हैं हाँ भाई ठीक रहा ना? नार्लिक नान ये आ गई हमारी गार्लिक नान नहीं। नहीं आ रहा, आ रहा, ना ना ये तुम्हारी है दोनों की हमने हमने ने खा ली ये तुम दोनों की है भाई नहीं तुम दोगे गालिक नान <laughs> तो जी हाँ फाइनल डिश आ गई है देखो हमारी सब्जी दे। मैंने गुलाब जामुन मंगाए हैं, सुखी ने भी गुलाब जामुन मंगाए हैं। ये भाई साहब केसर ये? ये? ये? केसर साहब की ये है मुंदाल मुंदाल मुंदाल का केसर का तड़का तो ये हैलवे वाला देखो इस शख्स को देखो चाहिए आप देखो जी ये बंदा जो है बीह रूप मांग के ले जा रहे हैं दिखाई पर्स है तो जी ये थी आज आज की हमारी पार्टी और मैंने आज एक मतलब क्या कहते हैं रात चलते की हेल्प कर पहुंच जाए ये ये भगवान भगवान मेरी हेल्प तरक्की दे तो जी ये था काल्पनिक बातों पे ध्यान मत दो और सच्चाई पे भगवान पर सच्चाई किस किसाई है सच्चाई यही है हाँ। सारे अपने आप हाँ। तो <laughs> <laughs> तो में और सक्षम है बाकी पता ये वैसे तो ये हमारी मतलब खुश नसीबी है कि भगवान ने खुद हमसे खुद हमसे पैसे मांगे बीस रूपए किस चीज के लिए मांगे हो हाँ ये बात हुई है ये पैसों के देवता है क्या भगवान <laughs> तो की क्या रजा है इसमें क्या तो 20 का 20 करोड़ मिल रूपए लाठी लग जाए रात रात 20 करोड़ रूपए इन्होंने तो मिलेंगे क्या बात है ये तो आपने बहुत अच्छी बात करी ये हमारा दिल खुश कर दी इधर है जी तुम्हारा इधर दिल खुश हो गया आज हम भी बाहर जाएंगे पता नहीं हम भी, भी बाहर बाहर जाएंगे, मिलेंगे और पक्का जाओ। चलो जी ये तो हमारी चलती रहती है चीजें और हम ये ब्लॉग एंड करते हैं हाँ तो जी ये सारे हैं अपनी पार्टी तो ब्लॉग एंड करते हैं गोल तो, साहब नहीं दिख रहे, हैं। आ, गोल नहीं दिख रहे हैं। अब आगे गोल साहब आगे तो जी ये हम ब्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नए और कुछ बोलना है और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो, तो शेयर कीजिए शेयर कीजिए और एक एक बंदे के लिए ना कमेंट कीजिए ठीक है आपके फेवरेट कैरेक्टर के बारे आपके में फेवरेट <laughs> के बारे में कमेंट कीजिएगा कि कौन आपका फेवरेट कैरेक्टर इस वीडियो में चलो तो जी चलो जी मिलते हैं आपको नई वीडियो में टिल नाइन जब तक के लिए गुड बाय